शेर शेर और और मच्छर की कहानी जंगल जंगल जंगल के के के राजा शेर को को अपनी अपनी शक्ति पर बड़ा पर बड़ा घमंड था था था वह स्वयं सबसे समझता इसलिए जानवरों धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते अपने प्राण सबको प्रिय थे इसलिए न चाह के सामने नतमस्तक हो जाते थे एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था वहीं एक मच्छर वह आया, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ गया। उस मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा भाग यहां से, नहीं तो मसल के रख दूंगा मच्छर बोला क्षमा करे वनराज मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ किंतु आप मुझे ये बात नंबर चासे भी तो कह सकते थे आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ अच्छा तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जवान लड़ाएगा और क्या गलत कहा मैंने तुम तो मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं ही मसल दे मैं तो ये बार बार कहूंगा क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा वह अपने साथी मच्छुर के पास गया और उन्हें शेर की सारी बात बताई सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे सभी मच्छर शेर के पास पहुंचे और बोले हमें आप से बात करनी है जल्दी बोलो मुझे तुम जस से बात करने की फुर्सत नहीं है शेर बोला मनराज आप होंगे बहुत शक्तिशाली किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं, उन्हें नीचा दिखाएं। सभी मच्छर एक स्वर में बोले मैंने जो कहा सच कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता कमेंट में चोर शेर, कर जा ऐसा नहीं है अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम सब में भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं हम आपको भी हरा सकते हैं मच्छर भी चुप न रहे यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला तुम मुझे हराओगे तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे सामने आकर ये बात कहो मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हे अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते अभी भी समय है भाग जाओ यहां से नहीं तो कोई नहीं बचेगा शेर के घबंड ने मच्छरों को और गुस्सा कर दिया उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े वे जगह जगह उसे काटने लगे। शेर दर्द से कराह उठा इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा वह जहाँ भी जाता वे उसके पीछे पड़ जाते और काटते आखिरकार शेर को झुकना पड़ा उसने अपनी हार मान ली वह मच्छरों के सामने गड़ लगा। मुझे पक्ष तो गुजसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है अब मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखाऊंगा मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था इसलिए उन्होंने काटना बंद कर दिया वे बोले घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है आज तुम्हारा टूटा है घमंड करना छोड़ दो अन्यथा एक दिन तुम्हें ये ले डूबेगा शेर तोबा करते हुए वहां से भाग।